पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर भड़के उन्होंने कहा सिंधिया कोई तोप नहीं है जिसके लिए हमें दुख हो वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उसकी नैया डुबा देते हैं वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज के 15 महीनों का हिसाब मांगने पर कहा की शिवराज पहले अठारह साल का हिसाब दे तब मैं पंद्रह महीने का हिसाब दूंगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए है इस दौरान कमलनाथ अपने विरोधियों को जमकर आड़े हाथों ले रहे हैं सिंधिया हो या शिवराज कमलनाथ हर किसी पर प्रहार कर रहे हैं वहीं जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया के जाने पर कांग्रेस कैसे चंबल के इलाके में जीत हासिल करेगी तब कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है जिसकी हमें जरूरत हो जहां भी महाराज गए हैं उस पार्टी की नई अड़वादी है मुरैना ग्वालियर में भाजपा को महापौर चुनाव तक नहीं जीता पाए सिंधिया वही शिवराज के पंद्रह महीने का हिसाब मांगने वाले बयान पर कमलनाथ ने कहा कि पहले शिवराज अपना अठारह साल का हिसाब दे तब मैं अपने पंद्रह महीने का हिसाब दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज व माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का भूमि पूजन करेंगे यह भूमि पूजन कार्यक्रम रविवार 22 जनवरी 2023 को एनसीएल ग्राउंड बिजौली बैडन में होगा विनीत रामल्लू वैश विधायक सिंगरौली आठ साल रहे बेमिसाल बदले हालात सुलझे सवाल नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार नए भारत की शिल्पकार मोदी सरकार।, शिल्प मो सरकार जिस मिट्टी को छूआ तुमने वो मिट्टी सोना बन गई सब बाधाओं को तोड़कर विकास की राहें खुल गई जनता वो करके तुमने दिखलाया तीन सौ सत्तर हटा के भारत मा का मान बढ़ाया जन जन की उम्मीदों की सुनी पुकार। ऐ भारत की शिल्पकार मोदी सरकार मई भारत की शिल्पकार मोदी सरकार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का